गेम स्टार्ट हो गया लगाते हैं सबकी बात बिफोर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिट Team, team match. match. Let's, Let's go. go. The blue team has scored for the first time. It will be difficult to kill them. भाई के दीवाने हैं हम यार। मैं भी मर गया कुछ नहीं। और ये स्पार्क और ये स्पार्क और ये स्पार्क और ये स्पार्क निकल तो भाग निकला आ भाग भाग भाग आ गेम लोडिंग फिर से मर गए हम अरे एक भी शॉट नहीं है क्या हमें मिलदा नहीं है हम तो लोग की तरफ रहे वो नेर ये आया सब कोई दूर से देख के चल गए फिर मर गए अब चेंज कर क्या अब अब फिर चला आ रहा है वो कहीं नहीं है भाग भाग चलो ओके ओके आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। एक वाला। है ज़्यादा रोटी मोदा ये ये है दुनिया में ऐसा विक्टर विक्टर, विक्टर, विक्टर। लगता है कि मैं छाराई मार दिया कहा से मारा अरे सो कहाँ गया भाई तू चलना spring, तो नहीं है देख <laughs> तो है एक हाथ कहाँ से आते हैं दो मार दिए दो मार दिए वाह वाह वाह वाह भाई मार दिया जल्दी चलो जल्दी चलो अरे यार भाई जीतना है हमको गेम जीतना है अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए